आजकल के नोबड़े आशिक प्यार बिल्कुल बकवास करते हैं हैं से और प्यार में मरने मराने की बात करते है। साले है अरे क्या हराशिक नोबड़ा नहीं होता क्या हराशिक नोबड़ा नहीं होता और जो से डर जाए वो लोडो में से नहीं होता और तू तो अभी मिली कहा हम जैसे देसी छोरों से जो तेरा नीचे वाला घोसला है नगह आरोप नहीं होगी